लड़का को फ्रस्टेट होता है तो एक बार अपना टाइम टेबल बनाएगा सुधारेगा भाई इतना ऐसा टाइम टेबल बनाओ जो दिल में रहता हो। और बहुत से लड़कों को देखते हैं कि सुबह चार बजे उठते हैं हमने अपनी लाइफ में कभी चार बजे नहीं उठे उठेंगे तो पूरा दिन डिस्टर्ब रहेगा आप जिस समय कम्फर्टेबल है उस समय उठिए लेकिन हाँ एक बार जरूर याद रखिएगा जितना जल्दी उठेंगे उतना ज़्यादा आपके पास वर्क टाइम ज़्यादा रहेगा आप देर से सो उठेंगे तो आप एक अच्छा सा वर्किंग टाइम को गमा चुके रहेंगे तो एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि भाई बहुत से बहुत तो छः सात के बीच में उठी जाइए और पहले उठते हैं तो ये अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहले उठते हैं उनके लिए बहुत गलत बात आप जितना पढ़ सकते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़िए आपकी बॉडी आठ घंटा नहीं सस्टेन कर पा रही है आप चार घंटा ही पढ़िए बट धीरे धीरे उसको इंक्रीज कीजिए हर चीज के लिए होता है आप अपनी बॉडी के हिसाब से किसी काम को करिए आप किसी भी काम को अगर लगातार इक्कीस दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम को जहाँ आपको कम्फर्ट मिलता है वो रास्ता कभी भी कोई मंजिल को नहीं ले जाती क्योंकि मंजिल वाला रास्ता काफी चुनौतीपूर्ण भाड़ा होता है उसमें कम्फर्ट कभी नहीं मिलता